असलम गाइज़ आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी रेसिपी बतीकर आज हम आपके लिए लेके आए हैं ताज स्पेशल स्नैक्स जो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं मज़े के बनेंगे इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए ये आलू लिए मैंने तीन दरमिया साइज़ के उनको बुआ करके मैश करके रख लिया है और ये ब्रेड लिया मैंने जो हम अंडा ब्रेड खाते हैं उसको मैंने इस तरह से गोल शेप में कटिंग कर लिया है मैं आपको करके करके भी दिखाती हूँ और ये मैदा मैंने लिया इसको मैंने पेस्ट बना लिया इस तरह से और ये ब्रेड क्रम्स लिए हमने और मसालों में हमने लिया ये हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून जो है ये रेड मिर्च है और ये दो पिंच मैंने काली मिर्च ली दो पिंच गर्म मसाला और एक पिंच हल्दी ली है और ये ये वन टेबल जो है ये मैंने कसूरी मेथी ली है ये बहुत अच्छा टेस्ट इसमें देगी और नमक जो है वह हंस पर ज़रूर रख सबसे पहले ये सारे जो मसाले मैंने लिए थे ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम देखो इसको मैंने अच्छे से जो है मिक्स करके रख लिया है देखिए एक ब्रेड ले लिया है ये इस तरह से एक गिलास मैंने लिया और इसको इस तरह से रख के इस तरह से पुश कर देना और ये जो है हमारा पीस जो है ये कट हो गया इसी तरह से मैंने ये सारे पीस किए ये देखिए इस तरह से दो पीसेस मैंने रख लिए। है एक पे जो है ये कैचअप डालेंगे हम और एक पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में चटनी बताई थी वो डाली मैंने ठीक है ये बहुत आसान है रेसिपी आपने जरूर ट्राई करना है है बनने वाला और इजी है। दूसरे वाले पे चपको कर दिया हमने और ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसकी टिक्की बना ली शामी बना ली और ये जो है इसके ऊपर रख दिया इसी तरह से हम बाकी वाले बना देंगे देखिए सारा जो है मैंने चार बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। ये बर्गर लग रहा है आपको। अच्छे से बच्चों को हम ये कह सकते हैं स्नैक भी है चाय के साथ मेहमानों को भी दे सकते हैं अब जो है इस तरह से इस मैदे में हमने कोट करना है इसको देखे और ये ब्रेड में। देखिए मैंने ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया अब ऑयल जो है मैंने गरम करना रख दिया था अब इसको ऑयल में छोड़ देंगे इसी तरह से ये चारों भी हम इसी तरह से कोट करके मैदे में फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको ऑयल में डाल देंगे फ्राई करेंगे देखिए ये फ्राई हो रहा है एक ही ऊपर ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इसको पलट दिया था इसी तरह से ये बाकी वाले भी मैं बना लू देखिए जी हमारा जो है इफ्तार के लिए स्नैक रेडी है जो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी शानदार तरीके से रेडी हो गया कुछ भी नहीं किया हमने इसमें ना मेहनत हुई और ना ज़्यादा टाइम लगा बहुत ही मज़े का ये स्नैक बन गया इसको हम ये के साथ सर्व करेंगे इसको आप अच्छे से इंजॉय करें मुझे फीडबैक दें मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर दें के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास बासानी पहुँच जाए जो मैंने मैदा लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था तो जो है मैं आपको बताना भूल गई थी चटनी जो थी वो मैंने आपको जो दही बूंदी की रेसिपी थी उसमें मैंने आपको बताई थी सेम वही थी और अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ देखिए इसका क्रिस्पीपन कितना अच्छा है देखिए बाज़ ये देखिए जी कितना शानदार अंदर से लग रहा है और मजे का भी बहुत है इसको आपने जरूर ट्राई करना मुझे फीडबैक देना है चैनल को लाइक कर दें इसी तरह से मजेदार वीडियो के लिए हम दोबारा मिलेंगे तब तो तक के लिए अल्लाह हाफिज